अजमाल जी महाराज भगवान रा फॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे कुछ समय बाद में मेणा देव जी बीनम देव जी ने जन्म दियो। और उसके कुछ समय बाद, एक दिन रा, सौ इकसठवीं साल भादवे महीने मेरी दूज की रात चंद्रमा उगो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगड़े में जी के साथ में एक बालक आ और पौट गयो बड़ी अजमल खड़ा की जय अजमल जीरे ने में भगवान ने वचन अनुसार कुंकुरा पाव मुंडिया घरों सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाशो गर्जना हुई और भगवान अजमल जीरे जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखो है खम्मा हो कवरी गिमाना खम्मा खम्मा हो कवरी गबरी अजिमाना खाने तो पूजे राजस्थान जियो कुजी रात जियो खम्मा गणी गणी अजमल घर सवियो फादर बारी तुझे जाने अजमल घर कविता मांड सावरियो पालणिए में गयो सामनिए में राजस्थानी जियो तुझी रा जियो पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों को बगला मंडाया और दूजो दूजो परचो दूजो दूजो परचो माता मैणा दे ने दियो उफन तो दूध उफन तो दूध डबाल अब देखिए दो दो बाढ़ की देखी पालनी मेरा देशं कालाई दो दो पाल की देख पालन में मेरा के कालाई ओ कई जादू तू हो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू हो जो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाया मैयारी शंका ने दी दूध फण तो ला तो पूजे राजस्थान जियो खम्मा खम्मा खम्मा हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो पूजी राजं घड़ी घड़ी राजा।, राजा समय जो तो चक्र चलते रहे अजमान जी महाराज बड़ा लाडा को डांस हो बीरमदेव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया माता मैणा दे रो लाड माता मैणा देरो स्नेह मिल रही हो बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी तो दर्जी बड़ो लालची हो बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी रही इन करतूतरो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जियों बड़ा दुखी है कोई महंगो कपड़ो कोई बरी ले जा रेवे तो वो बरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बना दे दे गांवरे लोगों की मजबूरी थी और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने पर्चो देने रिथान हाँ मैं चटने करू रे माने कयो, ए मन घोड़ लिया मंगवाए मारी मा मन घोड़ लिया मंगवा वा तुम